शेयर मार्केट में निवेश करने वालों के बीच आजकल एक खास वर्ड का ट्रेंड चल रहा है वो है टी पिन टी पिन के लेकर काफ़ी निवेशकों के अंदर काफ़ी सारा सवाल भरा पड़ पड़ा है जिसका जवाब लेकर आज मैं इस वीडियो के माध्यम से सभी को बताने वाला हूं और सबसे इम्पोर्टेंट्स न्यूज़ ये है कि टी पिन की जो मैंडेटरी थी वो अभी फ़िलहाल ख़त्म है फिर से इसे लागू किया जाएगा बट कब लागू किया जाएगा ये अभी क्लियर नहीं है अगले आदे, आदेश तक इसे अभी सस्पेंड किया गया है तो आज के इस वीडियो में टी पिन से रिलेटेड जो भी आपकी समस्या है वो सारी समस्या इस वीडियो के माध्यम से मैं सॉल्व करने वाला हूँ जैसा कि आप टिपिन का मतलब क्या होता है टिपिन क्या है इसके यूज़ क्या है इसके फ़ायदे क्या हैं या फिर टिफिन आप जनरेट कैसे कर सकते हैं दोस्तों यदि आपको लूटा जा रहा है डिस्काउंट ब्रोकरेज के नेम पे तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है लिंक पे क्लिक करके डिमिट अकाउंट ओपन कराइए और यहाँ पे ट्रेडिंग कीजिए यहाँ पे ट्रेडिंग के लिए आपको डिलीवरी एकदम फ्री है जबकि इंट्रा के लिए 20 रुपये पर ऑर्डर लगता है कोई भी हिडन चार्ज नहीं है और साथ ही साथ हाई लेवल रिकमेंडेशन भी प्रोवाइड किए जाते हैं हमारी कंट्री की एक खास पहचान है जब भी कोई चोरी डकैती या हाई लेवल की फ्रॉड होती है उसके बाद ही हमारे यहाँ सारी जांच एजेंसियाँ उसके पीछे पड़ती हैं और फिर इंक्वायरी बैठती है और उससे गहन सोच विचार करने के बाद में एक रूल एंड रेगुलेशन फिर बनाई जाती है ऐसा ही सेम प्रोसेस टी के साथ भी हुआ है टी अस्तित्व में आया तब जब कार्डवी ने फ्रॉड किया हुआ था पावर ऑफ़ एटॉर्नी का यूज़ करके और वही पावर ऑफ़ एटॉर्नी का गलत यूज ना हो इसके कारण ही टिप पिन जनरेट किया गया है तो इस लिहाज से जिन्होंने अपने डिमिट अकाउंट पावर ऑफ एटॉर्नी का फॉर्म नहीं भरा डिमिट अकाउंट में उन सभी निवेशकों के लिए टिप पिन मैंडेट्री है सेल करने के लिए वो अपने डिबिट अकाउंट से जो भी शेयर उन्होंने बाई करके रखा हुआ है चाहे वो बाई डिलीवरी के ऑर्डर हो या फिर मार्जिन के हो दोनों में ही आपको सेल करने के लिए टी पिन की आवश्यकता होगी बट ये अभी इसमें आपको छूट मिल गया है अभी ये जो मैंडेट्री है उसे ख़त्म कर दिया गया है लेकिन फ्यूचर में ये फिर से लागू होगा अगले आदेश तक इसे अभी रोक लगाया गया है इसलिए आपको ज़्यादा अभी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है बट समय रहते आपको इसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए और टिप पिन आप जेनरेट कैसे करेंगे लेंगे ये भी मैं बताने वाला हूँ तो ये सब आप देख लीजिए और फ्यूचर के लिए सेव करके इसे रख लीजिए जितने भी डिमिट अकाउंट होते हैं वो या तो एन या फिर सी के अंडर आते हैं और ये दोनों ही निवेशकों के मोबाइल और ई मेल टी पिन लागू होने से पहले ही सेंड कर दिए थे यदि आपको टी पिन नहीं मिला है तो कोई दिक्कत नहीं है आप इसे रीजेनरेट कर सकते हैं चेंज कर सकते हैं जब मन करे तब इसे बदल सकते हैं जेनरेट कर सकते हैं जितने भी डिमिट अकाउंट होते हैं वो या तो एनएसडीएल या फिर सी के अंडर आते हैं और ये दोनों ही निवेशकों के मोबाइल और ईमेल पर टिपिन लागू होने से पहले ही सेंड कर दिए थे यदि आपको टिपिन नहीं मिला है तो कोई दिक्कत नहीं है आप इसे रीजनरेट कर सकते हैं चेंज कर सकते हैं जब मन करे तब इसे बदल सकते हैं जेनरेट कर सकते हैं जब आप चेंज टिपिन करते हैं तो यहाँ से आपको ये बी ओ मांगता है बी ओ क्या है तो बी ओ आई आपका सोलह डिजिट का डिमिट अकाउंट नंबर रहता है जो कि आप अपने डिमिट अकाउंट का प्रोफाइल खोलिएगा जिस ब्रोकर में भी आप ट्रेडिंग करते हैं उस ब्रोकर का प्रोफाइल जब ओपन कीजिएगा तो वहाँ से आपका सोलह डिजिट का डिमिट अकाउंट नंबर मिल जाएगा वो यहाँ पे आपको इंटर करना है उसके बाद में आपका पैन नंबर इंटर करना है इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है उसके बाद में एक ओ आपको मोबाइल पे जाएगा वो ओ आपको यहाँ पर इंटर करना है और फिर आपको न्यू पिन यहाँ से आपको मिल जाएगा इसी प्रकार यदि आप टी पिन जनरेट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी वही प्रोसेस है बी ओ यानी कि सोलह डिजिट का अपना डिमिट अकाउंट नंबर डालने हैं पैन नंबर डालने हैं नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा एक ओटीपी जाएगा और उसके बाद फिर आपको वही नया टी पिन आपको मिल जाएगा कुछ लोगों का ये भी सवाल है कि बीओ कोड कहाँ से निकालें और ये क्या होता है तो बी कोड सोलह डिजिट का आपका डिमिट अकाउंट नंबर आता है ये हो सकता है आपका क्लाइंट कोड और आईडी कोड को मिलाकर कर ये बनाया जाता है तो आप नॉर्मली अपने ब्रोकर के प्रोफाइल में जाइएगा तो वहाँ से आपको ये डिमिट अकाउंट नंबर मिल जाएगा सोलह डिजिट का रहता है उम्मीद करता हूँ टिपिन से रिलेटेड जो भी आपके सवाल थे वो सभी सॉल्व हो चुके होंगे और आपको मालूम हो गया होगा टिपिन के बारे में और इसके क्या यूज़ हैं साथ ही साथ जब भी ये टिफिन फिर से लागू होगा तब आप इसे भली भांति यूज कर पाएंगे जेनरेट कर पाएंगे चेंज कर पाएंगे दोस्तों लास्ट में मैं आप सबसे यही गुजारिश करूँगा यदि आपको कोई भी समस्या हो शेयर मार्केट से रिलेटेड या फिर डिमिट अकाउंट से रिलेटेड तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं कभी भी या फिर हमने डिस्क्रिप्सन में लिंक दे रखा है ग्रुप में सम्मिलित हुई है वहाँ पर डेली निवेशकों के बीच में समस्याओं का समाधान होते रहता है वहाँ से भी आप अपना समस्या डाल सकते हैं सॉल्यूशन पा सकते हैं या फिर सॉल्यूशन किसी और को दे सकते हैं तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ में और यदि वीडियो पसंद आया हो तो आप सबसे रिक्वेस्ट है लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए